बेटे के जन्मदिन पर रात के डेढ़ बजे फ़ोन आता है बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है जन्मदिन मुबारक लल्ला बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है सुबह फ़ोन करती इतनी रात को फ़ोन करती नींद ख़राब क्योंकि कहकर फ़ोन रख देता है थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है सुबह फ़ोन करते फिर पिता ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया वो तो आज से पच्चीस साल पहले ही पागल हो गई थी जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था वो मरने को वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया रात के डेढ़ बजे को तुम्हारा जन्म हुआ शाम छः बजे से रात डेढ़ तक वो परसव पीड़ा से परेशान थी लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई तो उस तुम्हारे जन्म होने होते ही उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तकत करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद ख़राब हो गई मुझे तो रोज़ रात को पच्चीस साल से रात के रात के डेढ़ बजे उठाती और कहती देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था इतना कहते ही पिता फ़ोन रख देते हैं बेटा सुन हो जाता है सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है तब माँ कहती देखो जी मेरा लाल आ गया फिर पिता से माफ़ी मांगता है तब पिता कहते आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है पर अब तुम चले जाओ मैं तुम्हारी माँ मैं तुम्हारी माँ का हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूंगा तब माँ कहती माफ़ कर दो जी बेटा बेटा है हमारा सब जानते हैं दुनिया में एक माई है जिसे जैसा चाहो कहो फिर भी वो गाल पर प्यार से हाथ फेरेगी पिता अगर तमाचा न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए इसलिए पिता का सख्त होना भी जरूरी है माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए उन्हें प्यार दीजिए माँ की ममता तो